कैसे तो तो आप सब हरियाणा के एक राज्य तर इसकी बॉटलिंग सब बन की है और मैं बता दू आपकी काफी सारी डे की होंगी तो उसी के अंदर मैं ब्लेंडर दो लीटर के अंदर वो भी सबसे आपको मिलने वाली है बिल्कुल चीपेस्ट प्राइज ने वो जी काउंटे अंदर पहले मैं आपको चैनल पहले वो चैनल कर दे क्योंकि बहुत सारी डील आपके सामने आती रहती है कहीं डील जिस न हो जाए फिर के आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर से करना जब मेबर हैं जनबी से जमरीत तो थैंक यू रोस्टर शो